साथियों नमस्कार सिंह राशि के जातकों का अगस्त माह कैसा जाएगा इस माह में सिंह राशि के जातकों का कैरियर कैसा रहेगा उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी प्रेम संबंध कैसा रहेगा स्वास्थ्य कैसा रहेगा उनकी शिक्षा की पोजीशन कैसी रहेगी तथा पारिवारिक स्थिति क्या कहती है इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे अंत में जो इस माह को प्रभावी बनाने वाले सबसे शुभत्व उपाय हैं उन पर भी हम दृष्टि डालेंगे तथा दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगस्त माह कई चीज़ें ले करके सिंह राशि के जातकों के लिए आया हुआ है तो ये मौका हाथ से ना जाए इसलिए अंत तक की इस वीडियो को देखिएगा लेकिन दर्शकों आगे बढ़ने से पहले इस माह के जो प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी एक हम दृष्टि डाल लेते हैं तो एक अगस्त गुरुवार दिन रहेगा और श्रावण मास की अमावस्या तिथि रहेगी दो तारीख शुक्रवार जो है चंद्र दर्शन आप लोग कर सकते हैं तीन तारीख को हरियाली तीज है चार जो है चार तारीख जो रहेगा इसको फ्रेंडशिप डे मित्रता दिवस भी कहते हैं तो हमारी तरफ से आप सभी लोगों को जो है फ्रेंड जो है मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ पाँच तारीख को सोमवार रहेगा और नागपंचमी रहेगी इसके साथ सात तारीख को तुलसीदास जयंती और ग्यारह तारीख 11 अगस्त रविवार दिन रहेगा और पुत्रदा नामक एकादशी रहेगी तमाम इस एकादशी का महत्व होता है और वो भी श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी रहेगी बहुत ही अच्छा होता है 12 तारीख को सोम सोमवार रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा और 15 तारीख को जो है रक्षाबंधन रहेगा हमारी जितनी बहनें देख रही हैं तो ईसभाई की तरफ से आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और श्रावण मास की पूर्णिमा भी रहेगी जिन लोगों को फुलमून का हम व्रत बताते हैं इसी दिन रह सकते हैं आप लोग उसके बाद 17 तारीख को देखिए आएगी सिंह संक्रांति अब सिंह संक्रांति क्या है संक्रांति मतलब होता है सूर्य का अब एक राशि से अगले राशि में प्रवेश तो जैसे अभी कर्क राशि में सूर्य चल रहा है तो कर्क संक्रांति इसको बोलते हैं जब वो मकर राशि में रहते हैं तो मकर संक्रांति बोलते हैं मेष में रहते हैं मेष संक्रांति बोलते हैं इसी तरीके से सूर्य स्वराशी हो रहे हैं 17 तारीख से तो इसको सिंह संक्रांति बोलते हैं 18 तारीख को कजरी तीज रहेगा इसके साथ साथ इक्कीस तारीख को बलराम जय की जयंती रहेगी और चौबीस तारीख शनिवार दिन रहेगा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो है पर्व मनाया जाएगा तो सभी दर्शक जितने लोग हैं कान्हा का हमारे जो है जन्मदिन जरूर आप लोग सेलिब्रेट करिए मनाइए क्योंकि वर्ष में एक बार आता है और भगवान श्री कृष्ण की जो लोग भक्ति करते हैं आराधना करते हैं कुछ भी उनसे यदि मांगते हैं तो पूर्ण जरूर करते हैं ऐसा हमारे जीवन में बहुत बार जो है घटनाएँ हो चुकी हैं कि हमने उनसे कुछ मांगा हो और उन्होंने पूरा न किया ऐसा तो बड़ा असंभव सा है तो सिंह राशि के जात को चलिए आपके राशिफल पर बढ़ते हैं सबसे पहले आपके हम आर्थिक स्थिति पर बात कर लेते हैं तो देखिए मंगल जो रहेगा मंगल जो है वह स्थान में रहेगा वह स्थान में मंगल है वो भी नीच का है तो 9 अगस्त तक की स्थिति बड़ी 1 से 9 तक की स्थिति बड़ी आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है आपके पास इनकम आएगी कम और खर्च होगा अधिक यानी कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है तो मंगल में गोचर मंगल के गोचर में व्यय की अधिकता रहेगी कि किसी कारणवश घर से दूर आपको रहना पड़ सकता है इसके साथ साथ विदेशों से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है इस माह यदि कोई कोर्ट कचेरी मुकदमेबाजी आपकी चली आ रही उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है आर्थिक स्थिति की यदि हम और बात करें आपके बिजनेस में एक से नौ तारीख के बीच में कुछ नुकसान की स्थिति होती हुई यहाँ पर दिख रही है कोशिश कीजिएगा पार्टनरशिप में कोई कार्य आप लोग मत करिएगा जिनको आपने पैसा दे रखा है इधर आपको 1 से 9 तारीख के बीच में नहीं मिलेगा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आएगी लेकिन दर्शकों एक चीज़ और बता दें इस बीच में परिवार में जो है झगड़े झंझट आपके हो सकते हैं व्यर्थ के बाद विवादों में भी इधर आप पढ़ सकते हैं पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो परिवार में किसी से आपको भीड़ना नहीं पड़ोसियों से आपका जो है कोई जो है झंझट हो सकता है झूठे कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में भी आप लोग फंस सकते हैं इन सब चीज़ों से बचना रहेगा वहीं पर इतनी ज़्यादा जब टेंशन आएगी 10 तारीख नौ तारीख तक की तो आपका जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो उच्च रक्तचाप से अथवा रक्त संबंधी किसी रोग से पीड़ित होते हुए यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं संतान के कारण कुछ पीड़ा हो सकती है आप लोग अपने स्क्रीन पर जो कुंडली दिख रही है यहाँ पर देखिए पंचम भाव में शनि के साथ केतु बैठा हुआ है जो पंचम भाव कुंडली का होता है जन्म कुंडली का ये होता है आपके संतान का तो संतान के घर में जब शनि के साथ केतु बैठ गया है ऊपर से राहू की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो ये स्थिति बड़ी विस्फोटक होती है बड़ी बिकट होती है तो संतान के कारण आपके अपयश में जो है कुछ आपको हानि होती हुई दिख रही है यहीं पर यदि आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं आप विद्यार्थी वर्ग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में आपका बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा इस ये भी बिल्कुल फैक्ट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड स्थिति आती हुई दिख रही है धन एवं सुख की हानि होगी मन में बड़ा असंतोष रहता हुआ दिखेगा वाद विवादों से कार्यों में आपके अवरोध आते हुए दिखाई पड़ेंगे कुछ ना कुछ आपकी हानि हो सकती है एक बात और बताना चाहेंगे फोर्थ स्थान पे जुपिटर बैठा है तो इस माह कोई नवीन जो है आप जो है कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट खरीद सकते हैं कोई भूमि का आप जो है टुकड़ा खरीद सकते हैं अथवा आप कोई नया वाहन भी करते हुए दिखाई पड़ जो है यहाँ पर पड़ रहे हैं इसके साथ साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताजनक स्थिति थी इस माँ को सुधरती हुई दिखेगी आपके जो है माँ को यदि कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो उन रोगों में जो है निजात मिलती हुई दिखेगी आपके पद की हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है सरकारी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि सस्पेंशन वगैरह तक की स्थिति आपकी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है आपका वेतन वगैरह हो सकता है कि कट जाए तो इन स्थितियों से बचना रहेगा शिक्षा में आपके विघ्न आएगा वहीं 10 तारीख से लेकर के सोलह तारीख तक की यदि हम बात करें तो अग्नि से कुछ भय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इससे आपको बचना रहेगा आपके कार्यों में इस बीच सफलता मिलती हुई जाएगी आपका व्यापार जो है ये बड़ा उन्नति वाला होगा जैसे मंगल नौ तारीख के बाद से देखिए लग्न में जो है आ रहा है पहले ये चार नंबर में रहेगा नौ तक उसके बाद ये मंगल यहाँ पर आ जाएगा और फिर सूर्य सत्रह तारीख को मंगल के साथ पराक्रम योग बनाएंगे तो ये जो स्थिति रहेगी सत्रह के बाद की आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी जो चीज़ें इधर आपसे जो है ली गई है छीनी गई है आपके ऊपर अपय लगा है आपको चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जो है सस्टेंसन जो है आपका हुआ हो या आपका वेतन वगैरह कटा हो इधर ये सभी चीज़ें आपको पुनः वापस मिलती हुई दिखाई दे रही वहीं पर सूर्य मंगल का जो पराक्रम योग कुंडली में बना हुआ है इस पराक्रम योग के कारण आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती हुई दिखाई दे रही खास करके जो लोग तरल पदार्थों से संबंधित और सुगंधित द्रव्यों से संबंधित या कॉस्मेटिक चीजों से रिलेटेड वर्ग कर रहे हैं से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच आपके विरोधी परे जो है मतलब परेशान भी होंगे और पराजित भी होंगे लेकिन जो आपका मन है ये किसी विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होगा भोग विलासता की ओर मन आपका बहुत ज्यादा भागेगा अविवाहित लोग जो हैं, उनको विवाह का प्रस्ताव मिलेगा योग्य व्यक्ति जो हैं, इनको संतान का लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सभी प्रकार के आमोद तथा विलासिता के साधन आपको इसमें प्राप्त होंगे इस दौरान लाभकारी यात्राएं होंगी और ये यात्राएं आपके फेवर में जाएंगे जी हाँ वही मंगल की चौथी दृष्टि अपने जो है फोर्थ हाउस पर पड़ रही है तो यहाँ पर इस, इसी हमने जो है प्रडिक्शन से कहा है कि आप कोई भूमि का टुकड़ा कोई फ्लैट ये आप क्रय करते हुए नजर आएंगे शिक्षा तथा अध्ययन में इस बीच आपको सफलता मिलेगी बीस से लेकर के मास के अंत तक की आप लोगों को चुंगलखोरों से सावधान रहना रहेगा। और एक चीज़ बता दें आपका अपव्यय होगा धन हानि का योग है तथा आप जो है मतलब घुटन से अजीब घुटन से आपके अंदर रहेगी कोई परिवार में आपका विरोध कर सकता है बातचीत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल अप्रिय भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा अन्यथा हानि उठा जाएंगे आपको खानपान पे पर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा दुर्जनों और दुष्टों का साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा अतः आपसे अनुरोध है कि इनसे आप लोग जितनी दूरी बना लें उतना बढ़िया रहेगा वहीं पर जो बुद्ध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है ट्वेल्थ हाउस में देख लीजिए आप लोग विदेशों से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी यदि विदेश में आप रह रहे हैं या आपका कोई जो है जानने वाला या आपके परिवार के कोई सदस्य विदेश में रह रहे हैं तो आपको धन लाभ होता हुआ उनसे दिखाई पड़ेगा इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि पेट से रिलेटेड कोई आपको इस माह दिक्कत आ सकती है इससे भी आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है प्रेम संबंध की स्थितियों में बात करें तो ब्रेकअप की स्थिति बनेगी शनि और केतु बैठे हुए पंचम भाव जो होता है ये प्रेम का होता है तो यहाँ पर ब्रेकअप की स्थिति बनती हुई हमको दिखाई दे रही है कोई नया प्रेम संबंध आपका स्टार्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पर देखिए जुपीटर फोर्थ हाउस में बैठे हैं लेकिन अपनी पंचम दृष्टि ये कहाँ पर दे रहे हैं आपके अष्टम स्थान पर दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत है आपको वाहन वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा अब चलिए सिंह राशि के जो जातक हैं इस माह की सबसे शुभ तारीख कौन सी है दिनांक कौन सी है वो आप लोग नोट कर लीजिए तो देखिए एक से नौ तक तो कोई शुभ तारीख नहीं है लेकिन आपकी ग्यारह तारीख सबसे अच्छी रहेगी इसके बाद बारह तारीख बहुत अच्छी रहेगी पंद्रह तारीख होगी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी सोलह तारीख आपके लिए अच्छी रहेगी 19 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी 22 तारीख़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए 25 तारीख बहुत अच्छी रहेगी 28 तारीख़ आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी तो इन तारीखों में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं और इस माह में सबसे बेकार दिन कौन कौन सा रहेगा तो दो तारीख चार तारीख छः तारीख आठ तारीख नौ तारीख और दस तारीख तेरह तारीख अट्ठारह तारीख तेईस तारीख सत्ताईस तारीख उनतीस तारीख इकत्तीस तारीख इन सब जो दिवस हमने बताया प्रतिकूल दिवस रहेंगे इसमें आप लोगों को विशेष सावधानी बरतनी रहेगी शेयर मार्केट वगैरह में बहुत एग्रेसिव आप लोग मत लीएगा आपके लिए जो भाग्यशाली रंग रहेगा ये रहेगा सुनहरा कलर गोल्डन आप लोग जानते होंगे और जो भाग्यशाली अंक रहेगा नंबर एक और नंबर पाँच सबसे ज़्यादा सिंह राशि के जातकों के लिए इसमें भाग्यशाली रहेंगे अब आते हैं उपाय पर आप लोगों को उपाय क्या करना रहेगा तो उपाय के तौर पर बताना चाहेंगे कि शनिवार को पीपल के वृक्ष पर आप लोगों को मीठा जल शाम के समय चढ़ाना रहेगा और एक चौमुखी दीपक जलाना रहेगा दूसरा एक प्रयोग और बता रहे हैं हो सके तो कबूतरों को जितना ज़्यादा आप लोग बाजरा डाल सकते हैं आप लोग डालिए आपके दिन बहुत अच्छे आएंगे प्रतिदिन आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का एक पाठ जरूर करना रहेगा शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दही में थोड़ा सा आप शहद डाल के और भगवान शिव को अर्पित करिएगा धन संबंधी सभी बाधाएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही तो दर्शकों ये तो था हमारा सिंह राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और हर दर्शकों यदि आप लोगों को कोई भी जो है कुंडली कंसल्टेंट की जो है आवश्यकता है अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो शुल्क के साथ ये सुविधा है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके प्रोसीजर पूछ सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार